cos my heart in hopes it i welcome to my dogs abbe nobde tu mujhe nahi maar payega kyunki maine royal master ka naya conditioner laga ke aaya hai to hello guys kaise hai aap log ummeed karta hu sabka acha aage badhne wala hai ruko ruko anjan bhai video shuru karne se pehle thoda ruko abbe ab tujhe kya ho gaya laaru anjan bhai aapka conditioner kuch kaam ka nahi hai aapka conditioner hamare device se work hi nahi ho raha hai to ban kaise hoga आ, देख लरू मैं तेरे को एक बात समझाता हूँ तू समझ ले तेरा एक फेवरेट कॉफी शॉप है वहाँ पे कॉफी हमेशा गलत मिलता है तू आपसे ठीक से समझाता हूँ तेरा चल, हूं। एक बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड है ठीक है तो? तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ प्यार करती है तू तभी अपनी गर्लफ्रेंड ऐसी प्यार छोड़ देगा कैसे है आप लोग उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छा आगे बढ़े गाई। तो गैस सब लोगों को बंदों को एक ही बात बोलूंगा लॉरू की बात भूल जाओ वो पता नहीं क्या क्या बकता है तो देखो गाइस आज का जो कॉन्क्ल होने वाला है वो अपने मेन आईडी के लिए होने वाला है मतलब आपने अपने रियल आई पे यूज करो आपका आई बैन नहीं होने वाला इस बात का गारंटी मैं खुद आपको देता हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है मतलब ये सारे डिवाइस में वर्किंग होने वाला है जिसके डिवाइस से वर्किंग नहीं होता प्लीज उल्टा सीधा कमेंट मत करिएगा बस हमको मतलब क्या कहते हैं उसको कमेंट कर देना और अप्लाई प्रोसेस जानने से पहले एक और बात गाइस देखो अभी के टाइम पे मेरा व्यूज़ बहुत कम आ रहा है इसका कारण एक ही है देखो जो यूट्यूब कंपनी होता है ना वो मेरा वीडियो बहुत ही कम बंदों के पास भेज रहे अगर आप मेरा रीच बढ़ा सकते हो मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना बस हमारा वीडियो को एक लाइक कर देना है देखो अपने दोस्त के फ़ोन से भी हो के भी एक लाइक कर दो तो हमारा वीडियो पहले से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा प्लीज़ गाइस इतना आपको मैं कह रहा हूँ प्लीज़ कर देना देखो अप्लाई प्रोसेस बहुत ही आस आसान है हमेशा की तरह ये जो फाइल है सबसे पहले इसको अंदर एक कॉन्फ़िग मिलेगा आपको इसको कॉपी कर लेना है लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेना है फिर आपको सिंपली डिवाइस मेमर पे चले जाना है और वीडियो में कहीं पे पासवर्ड है फुल वीडियो देखो फिर एंड्रॉयड पर चले जाइए एंड्रॉयड पर जाने के बाद डेटा डेटा के अंदर जाने के बाद अगर फ्री फायर मैक्स करते मैक्स तो इसके अंदर फाइल पर जाइए फाइल पर जाके कंपल्सरी एंड्रॉयड गेम्स बंडल और गेम्स बंडल अंदर आके आपको सिम्पली पेस्ट कर देना है बस आप इतना सा कर दीजिएगा आपका कॉन्फिक्ट फाइल तैयार अब देखो आपका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता अभी आपको कुछ नहीं करना आपको छोटा सा एक और काम करना है सबसे पहले जो अपना फ्री फायर है उसके अंदर डेटा के अंदर जाके मेरा जो पुराना कॉन्फ़िग है उसको आपको डिलीट कर देना है डिलीट करने के बाद एक बार फ्री फायर ओपन करके फिर मेरा नया जो कॉन्फ़िग फाइल है इसको अप्लाई कर देना है फिर आपका कॉन्फिक्वाइल तैयार हो जाएगा वरना ये कॉन्फिक्वाइल करना काम ना करने का टू चांस है मैं जो जो कह रहा हूँ वो आप कर देना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा बाकी सब तो ठीक ही है चलो अब एक मेन रीजन कहता तो देखो उन बंदों का डिवाइस ने हमारा कॉन्फ्यूल काम नहीं करेगा जो जो बंदे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो रहा है